दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से एक बड़ी अपडेट आया है जो कि दोस्तों आप घर बैठे हर एक बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में और दोस्तों जब अप्लाई करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐप भर जाना है और उसके बाद आपकी जो गैस है गैस जो सिलेंडर है आपको रिसीव करना है और दोस्तों जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद दोस्तों एक बार जब गैस आप जो रिफिल आप भरवाते हैं तो उस टाइम दोस्तों आपको टू हंड्रेड माह सब्सिडी दिया जाता है सो so दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है आज के इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना है और दोस्तों मेरे ऑडियंस के अंदर अगर किसी ऑडियंस ऐसा होता है कि YouTube पर काम करना चाहता है तो दोस्तों मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप जाके मेरा और एक चैनल है जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी वॉच कर सकते हैं क्योंकि उस चैनल के ऊपर मैं YouTube रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं so, सबसे पहले आपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में किसी एक ब्राउजर ओपन करना है दोस्तों ये जो अप्लाई है आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते है इसमें कोई डाउट नहीं है और एक ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों सार्च पर सर्च करने के बाद दोस्तों फर्स्ट जो लिंक है इस लिंक पर क्लिक कर देना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 पॉइंट पर दोस्तों एक ऑप्शन देखिए अप्लाई फॉर न्यू उज्वला कनेक्शन टू तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पर देखिए एलिजिबिलिटी uh, जो क्राइटेरिया है अवेलेबल कनेक्शन अंडर 2.0 तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए नंबर ओनली हैव 18 age, 18 इयर्स इयर्स ऑफ एज एज यानी कि से ऊपर होना चाहिए और एक महिला होना चाहिए इसके यानी कि दोस्तों जिस महिला के नाम से आप जी कनेक्शन लेना चाहते हो इस महिला के नाम से पहले किसी कनेक्शन नहीं होना चाहिए उसके बाद दोस्तों जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिये नंबर वन नो यू कस्टमर के सेकंड सेकेंड दोस्तों देखिए आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट एज ए प्रूफ एंड प्रूफ एड्रेस इन केस आइडेंटिट इज रेसिडिंग एट द सेम एड्रेस एंड मेंशन इज़ आधार तो नॉट मैंडेटरी फॉर्म देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए आधार कार्ड जो है मैंडेटरी नहीं है दो स्टेट के लिए जैसे कि नॉट मैंडेटरी फॉर आसाम एंड मेघालय और बाकी जो स्टेट है सारे स्टेट में आधार कार्ड मस्ट होना चाहिए राशन कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पर बताया गया है और इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड ही चाहिए और इसके बाद दोस्तों और एक डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि बैंक अकाउंट एंड बैंक की जो आई कोड है ये आपको चाहिए उसके बाद दोस्तों इस, एप, आ, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिक जीरो इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन डिस्प्ले हुआ है जो की दोस्तों आपकी जो एरिया है आपकी जो लोकेशन है लोकेशन पर किस गैश मतलब अवेलेबल है दोस्तों यही से आपको चूज करना है जैसे कि दोस्तों मेरे जो एरिया है मेरे जो लोकेलिटी है इस पर ज्यादातर तो एसपी गैस अवेलेबल है तो मैं एसपी गैस चूज करता हूं गैस की रेबसाइट पर देखिए क्लिक टू अपलाई इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे यहां पर आ रहा है तो यहां पर दोस्तों देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है तो so, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर नाम इस बॉक्स पर फिल करना है इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करना है दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर नाम क्या है तो दोस्तों एक ऑप्शन है चूज करने के बाद दोस्तों नीचे आना है यहाँ पर सबसे पहले आपने जो स्टेट है चूज करना है इसके बाद दोस्तों जो भी डिस्ट्रिक्ट है चूज कर है जैसे की दोस्तों आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सॉरी स्टेट के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है शो करता है इसके आपको देखिए आई है इस बॉक्स पर दोस्तों आपको चेकमार्क लगाना है जैसे दोस्तों आप चेकमार्क यहाँ पर एड करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पर देखिए सेकंड जो ऑप्शंस टिक द बिलो चेक बॉक्स इफ प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोस्तों uh, लगाना है इसके बाद दोस्तों चेकमार्क एड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिक टू जनरेट बी आई डी यानी कि आधार नंबर इस बॉक्स पर टाइप करना है और ये जो कैप्चर कोड है इस बॉक्स पर फिल करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरेट ओ टी पी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए ओ टीपी रिसीव ऑन मोबाइल तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा यहाँ पर मैंने ओ टीपी फिल किया है और ये जो कैप्चर कोड है दोस्तों इस box पर फिल करना है और इस बॉक्स पर फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि गेट डाटा फ्रॉम यू आई इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों मेरे जो कैप्चर कोड है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सी इसके बाद डबल इसके बाद सी इसके बाद पी और इसके बाद दोस्तों गेट डाटा फ्रॉम यू इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ सेकंड वेट करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवा जो है यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड में जो भी फोटो है आधार कार्ड से यानि कि नाम वगैरह एड्रेस पता सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि नीचे की तरफ आना है यहां पर दोस्तों देखिए जो फुल नेम है यहाँ पर सबसे पहले सेलिट्रेशन जो भी है मिस्टर मिसेस जो भी है आपको चूज करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है मिडिल नेम है तो दे सकते हैं अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हाउस नंबर विलेज टाउन जो भी है आधार से डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट इसलिए चूज करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मोबाइल नंबर फिल करना है रेसिडेंट फोन अगर है तो दे सकते हैं आप छोड़ सकते हैं स्टार मार्क नहीं है यहाँ पर दोस्तों एक ईमेल आई डी मैंडेटरी है तो एक ईमेल आई देना है इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना है यहाँ पर दोस्तों देखिये गेब तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए दोस्तों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज द गिब आई टी यू सब्सिडी तो दोस्तों अगर आप सब्सिडी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर ये करना है अदरवाइज दोस्तों नौ ऑप्शन पर रहने दीजिए तो ज्यादातर तो दोस्तों मैं आपसे सजेशन करना चाहता हूँ कि येस करना है जैसे दोस्तों येस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज ओपन होता है ओके कर देना है ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते येस जो है सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर दोस्तों देखिए के कैश के ट्रांसफर सेक्शन इसके बाद दोस्तों देखिए एल कनेक्शन डिटेल्स तो दोस्तों एल मतलब कितना किलो का आप लेना चाहते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए फोर्टीन पॉइंट टू और यहां पर ओ सिंगल बोतल कनेक्शन और यहां पर ओ डबल बोतल कनेक्शन तो दोस्तों यहां पर सिंगल या पर डबल आपको चूज करना है और यहां पर 14.2 केजी टू आपको चूज करना है इसके बाद दोस्तों नीचे आना है यहाँ पर दोस्तों देखिये आधार जो भी है यहाँ पर आपने आधार कार्ड से ले लिया है जैसे की पासपोर्ट नंबर और पैन कार्ड नंबर सारा कुछ सॉरी दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट नंबर है तो दोस्तों यहाँ पर फिल करना है अदरवाइज आप छोड़ सकते हो पैन कार्ड भी आप छोड़ सकते हो स्टार मार्क नहीं है इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी है यानी कि दोस्तों कुल मिला बाकी जो है अगर आपके पास है तो आप सेट फिल uh, कर सकते हो अदरवाइज आप छोड़ सकते हो क्योंकि स्टांडमार्क नहीं है इसके बाद दोस्तों आना है नीचे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार कार्ड से तो डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है है proof, proof और photo, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों क्या करना है नीचे आना है दोस्तों नीचे आने के बाद दोस्तों इस बॉक्स पर चेकमार्क लगाना है और यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों जो भी बाकी है मैं फिल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज दोस्तों दोस्तों पर एक reference number दिया गया है. है तो ये आप लिख के रखना है या ट करना है यानी कि दोस्तों कुल आप किसी भी हालत में ये जो रेफरेंस आई दिया गया है ये आपको कैप्चर करना है यानी कि आप कैमरा करके भी रख सकते हो तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कैमरा कर लिया है तो दोस्तों इसी तरह आपको ये जो रेफरेंस आई है इस रेफरेंस आई डी के थ्रू आप फ्यूचर में स्टेटस चेक कर सकते हैं तो टेटस चेक करने के लिए दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जैसे कि आप टेटस कैसे चेक कर सकते हैं सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना है इस चैनल में ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है सो so, दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है